मित्रों आज हम आपके लिए एक ऐसा स्मॉल ट्री लाए हैं जो ना केवल फल है बल्कि महान औषधि है, गुण रखने वाला एक प्लांट भी है जिसको आप सेतूत के नाम से जानते हैं और यह है मोरस इंडिका इसका नाम है ये मोरेसी फैमिली का है इंडियन मलबरी भी इसको कहते हैं आप इसमें देख रहे होंगे इसकी कौपलें अभी आयु ही हैं पतझड़ का इसका समय है फरवरी में इसमें नए लीव्स आ जाएंगे, इसकी कौपलें फूट जाएंगी जैसे कि आप देख रहे हैं इसके कॉर्डेट लीव होते हैं सिरेट इसके मार्जिन हैं और इसकी जो प्रोपेगेशन है वो एयर लेयरिंग के माध्यम से आसानी से की जा सकती है बहुत सारे औषधिय गुण हैं इसके यह है एक एफ्रोडाइसिक है एंटीबाइलियस इसका इफ़ेक्ट है जो कि बाइल का ज़्यादा बनना उसको कम करता है और पिताश्य की पत्थरी जो बनती है उसको बनने से ये रोकता है इसके पके हुए फल और पत्र दोनों का भरपूर सेवन करना चाहिए इसके साथ साथ यह है लीवर को रेमिडिएट करने में उसको डिटॉक्सिफाई करने में सहायक है इसमें एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं रेफ्रिजरेंट होती है पोली यूरिया की समस्या को दूर करता है बार बार पेशाब जाने की समस्या जो हो जाती है एजिंग के बाद और स्टोमेटाइटिस की समस्या में माउथ के अंदर इन्फ्लामेशन सोर्स डेवलप हो जाते हैं उससे भी यह हमें निजात दिलाता है वात हर, पित्त हर और कफ निष्कारक है यह है। इसके पत्र का सोरस बनाकर सेवन करना चाहिए 10 से 12 एम पर्याप्त होगा इसके बाद फलों का शरबत भी अगर बन जाए तो पित्त प्रकोप में वो भी कार्य करता है ज़्यादा अगर पित्त की प्रकृति अगर होती है तो उससे छाती और उदर में दहा हो जाती है उसमें भी ये फायदा करता है कई बार लू लगने के कारण बुखार जैसी स्थिति बन जाती है वोमिटिंग जैसी स्थिति बन जाती है तो इसके पके हुए फल को मिश्री मिलाकर सेवन करना चाहिए प्रेमे की समस्या हो तो पत्रों की चटनी बनानी चाहिए और अगर किरमी रोग हो तो पत्रों के सेवन करते समय इसमें थोड़ा सा सिलेरी का पाउडर भी मिला लेना चाहिए एपीएम पी एम सिलेरी होती है मुखगत अगर व्रण हैं मुख के अंदर तो इसके पत्रों को उबाल कर कुला करना चाहिए और अगर स्वर भंग की समस्या है बोलने में बोला नहीं जाता है स्वर्ग भंग हो गया है या फिर एक्सीडेंट के बाद या फिर कोई मानसिक स्ट्रेस के कारण बोल बंद हो जाते हैं उसको स्वर भंग कहा गया है तो उसमें इसके डिकॉक्शन से गंडूस करना चाहिए इसका मतलब होता है कि इसके डिकॉक्शन को मुंह में रख के गुल गुल गुल गुल करके पाँच से दस मिनट रखें दिन में दो बार इसको करना चाहिए इस तरह से यह प्रमुख रूप से पित्त की और वात की दोनों के रोगों को हरता है और पिताशय की पथरी को बढ़ने से रोकता है इसको आप अपने घरों में लगा सकते हैं क्योंकि इसके फल हर मौसम में नहीं आते हैं तो इसके पत्र का सेवन भी आप कर सकते हैं पत्र का स्वरस पत्र का डिकॉक्शन आपके स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु विशेष लाभ करता है फिर मिलेंगे आपसे आपके स्वास्थ्य संवर्धन हेतु और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने हेतु आप सभी का धन्यवाद